हेलो दोस्तों आज का एक कमाल का बेट शुरू और स्टार्ट होने वाला है आज हम बताएंगे कि आप कैसे डेली के 500 रुपए कमा सकते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे अभी भाई अगर आप वीडियो मेरा हैं पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब लाइक और बाकी करोगे तो है नहीं लेकिन एक यूटूबर का ये मानना है कहना है कि हम कह रहे हैं चलिए भैया आप लोगों को बताते हैं क्या है वो प्रोसेस ऐप so, का नाम है रवि वर् विथ प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे और इसे अर्निंग देखते हैं अभी इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं इसे ओपन करते हैं ओपन करते हैं रेफरल रेफरल रेफरल अपग्रेड है देखो मतलब पांच लोगों को रेफर करने का सौ रुपये और लॉस का भी पैसा देती है लिखा है देखो क्या लिखा है वी प्रमोशन रिवॉर्ड और लॉस इम्प्रेशन रिवार्ड देखो पाँच सौ रुपये अगर आप हारते हैं तो दो परसेंट रिटर्न देगा ये जैसा ये लोग कह रहे हैं ताकि अभी हम आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है फर्स्ट डिपॉजिट बॉलस है ग्यारह रुपये में इक्यावन रुपये रिवार्ड अमाउंट ग्यारह रुपये हाउ टू अप्लाई अपन सर्विस एंड प्रोवाइड मेम्बरशिप अकाउंट अपलिकेशन वी आई पी प्रमोशंस वी आई पी वन करते हैं कट अब हम आपको दिखाते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट पहले चेक इन कर लेते हैं डेली चेक इन करके बैठे और यहाँ से आप यहाँ पे बॉन्ड फोन नंबर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ोन को बॉन्ड करके पन्तालीस रुपये इंस्टेंट में जाए ठीक है और कुछ दिखाते हैं तो जी मेले हैं फर्स्ट डिपॉजिट बोनस पंद्रह रिसीव रिसीट डेटिटी में पंद्रह रुपये का बोनस मिलना है मुझे ट्रेबल चेक इन पर चेक करते हैं सो फॉर देख सकते हैं आप कितना पैसा दिखाई दे रहे हैं अब आप कंप्यूटर तो दिखाते हैं ये जहाँ पे क्लिक कलेक्टर अब रिकॉर्ड पे क्लिक तो आप लोग देख सकते हैं एक बार मैंने निकाले सोलह सौ सो रुपए एक बार पंद्रह सौ का लगाया फेल हो गया एक बार पेमेंट देता है इंस्टाप लेकिन शाम को दस से ग्यारह बजे के बीच ही विड्रॉ लगाएं जल्दी हो जाता है तुरंत तो पैसा आ ही जाता है और हाँ ज्यादा लालच के चक्कर छ सौ रुपये तक आपको पहले देता है फिर उसके बाद लालच मत कीजिएगा ठीक है जी क्लियरिटी पहले ही बता देता है जी चार छह सौ भी आपको दिखाते हैं रुकिए एक मिनट बैंकिंग अभी दिखाते हैं ठीक है सो अब इसमें हम ओके चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो तो खत्म होने वाला ही है क्या बोला पूरा देखना या नहीं देखना ठीक है ओके जय हिंद भारत